फैक्ट नंबर वन यह है जेपनीज जे स्पाइडर क्रैप यह दुनिया के सबसे बड़ा केकरे की प्रजाति है जो जापान के समुद्र में पाया जाता है इसके पैर 100 से 120 सेंटीमीटर लंबे होते हैं फैक्ट नंबर टू इसका नाम पिग्मी मार्मोसेट है यह सबसे छोटे बंदर की प्रजाती है जो एक उंगली से भी छोटी होती है और यह दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है फैक्ट नंबर थ्री इसका नाम एंग्लोर फिश है यह फिश भूरे रंग की होती है और समुद्र के गहराई में पाई जाती है यह मछली अपने शरीर के बनावट के लिए जानी जाती है जो खुद से प्रकाश उत्पन्न कर सकती है यह मछली इस प्रकाश का उपयोग शिकारी से बचने और शिकार करने के लिए करती है तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।